गाइज आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडिया की पांच सबसे लंबी नदियों के बारे में जो कि लगभग पूरे भारत को कवर करती हैं तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा जिसकी लंबाई है पच्चीस किलोमीटर और ये भारत के उत्तराखंड से शुरू होकर यूपी झारखंड बिहार और वेस्ट बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी जिसकी लंबाई चौदह किलोमीटर है और ये भारत के महाराष्ट्र तेलंगाना छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है तीसरी है कृष्णा जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहती है चौथी सबसे बड़ी नदी है यमुना जिसकी लंबाई तेरह किलोमीटर है और यह नदी उत्तराखंड से शुरू होकर दिल्ली हरियाणा में बहते हुए उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है पांचवी है नर्मदा जिसकी लंबाई है तेरह किलोमीटर और ये मध्य प्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र और गुजरात के बाद खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है ऐसे गाइज इन नदियों में से आपके राज्य में कौन सी नदी बेहती है कॉमेंट सेक्शन में